और चलने से पहले बात मीडिया की मध्य प्रदेश के युवाओं चर्चित टीवी पत्रकार मकरंद काले ने टीवी 9 के भारत वर्ष को अलविदा कह दिया है मकरंद काले अब अपनी खबरों के साथ नविका कुमार के न्यूज चैनल नव भारत में नजर आएंगे टाइम्स ग्रुप के इस बेहतरीन हिंदी चैनल को मध्य प्रदेश से एक बेहतरीन पत्रकार की जरूरत थी जिसे मकरंद काले पूरा करेंगे मकरंद काले ने हिंदुस्तान कानपुर से पत्रकारिता की शुरुआत की और जी न्यूज में आकर बेहतरीन रिपोर्टिंग की न्यूज एटीन में भी मकरंद काले ने शानदार रिपोर्ट्स की टीवी 9 भारतवर्ष में भी मकरंद ने सामाजिक सरोकारों के साथ राजनीतिक खबरों पर खासा काम किया मकरंद बहुत ही साफ सुथरी पत्रकारिता करने के आदि हैं मकरंद ने एक समय जी न्यूज में एंकरिंग भी की बतौर एंकर भी मकरंद के काम को खूब सराहा गया अब नव में मकरंद काले मध्य प्रदेश भर की खबरों के साथ नजर आएंगे नई पारी के लिए मकरंद काले को शुभकामनाएं अभी बस इतना ही आप देखते रहिए दखल न्यूज